हे फ्रेंड्स होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल वेलकम टू द चैनल आई होप आपको कंटेंट से पता चल गया होगा कि हम आज इस टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अभी यूथ में और जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनमें विच इज शार्क टैंक शार्क टैंक अभी इतना इंडिया में पॉपुलर इसलिए है बिकॉज ऑफ द टी शो बट ये इससे पहले भी बहुत पॉपुलर ऑलरेडी है इन द वर्ल्ड जो अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में ऑलरेडी हो रहा है व्हाई आई चूज दिस टॉपिक कि हमें साक्टेंग को फॉलो क्यों करना चाहिए हमें साक्टेंग क्यों देखना चाहिए और साक्टेंग कैसे आपके माइंड को आपकी मैंटिलिटी को आपके प्रजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है बहुत ही सिंपल रखेंगे टॉपिक को सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई शार्प टाइम पहली बात तो यार आप एक ऐसी चीज देख रहे हो जिसमें आपको नॉलेज ही मिल रही है यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग राइट आपको कुछ मिल ही रहा है आई होप यू एग्री विद दिस पॉइंट एंड सेकेंड थिंग इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग राइट इफ यू आर लुकिंग to start your own business and you want to learn that how to present your products to the investors investors ki baat nahi karte aap wo product kaise apne customers ko bhi aapko dikhana hai na you can learn that from the, that show ye aapko really bahut help karne wala hai ki ha aap kaise apne product ko apne customer ko apne apne investors ko अपने कितन, कितन, जितने भी सोर्सेस हैं आप उनको कैसे प्रेजेंट करने वाले हो वाई आई वाई आई वांट कि आप ये शो देखो हु इज इन मतलब जो अभी क्या कहते हैं यूथ हैं जो बिगिनर्स हैं जो अपना एक जो अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं अभी आपने देखा होगा इन 2021 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 टू uh, बने हैं राइट right. जो इससे पहले सिर्फ आई थिंक 30 या 31 थे लेकिन इस लेकिन 2021 हज़ार इक्कीस के अंदर थर्टी टू बन चुके हैं तो यार एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी एक स्टार्टअप का दौर है एंड एज ऑफ नाउ वी हैव टू लर्न कि हमें कैसे क्या चीज़ करनी है वी हैव टू सी हर एक चीज़ ना स्टेप बाई स्टेप चलती है हम चीज़ों को इतना इजी नहीं ले सकते क्योंकि आप अगर एक छोटा सा भी काम कर रहे हो ना तो यू नीड अ हार्ड वर्क फॉर दिस इफ यू नीड अ इन्वेस्टर डेफिनेटली यू हैव मतलब आपको इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी आई आई एम टेलिंग यू कि व्हाई इन्वेस्टर्स बिकॉज इन्वेस्टर्स एक ऐसा होता है ना जो आपको हेल्प करता है आपकी ब्रांड बिल्डिंग करने में राइट इट्स हेल्प यू टू बिल्ड योर ब्रांड टू बिल्ड योर प्रोडक्ट टू बिल्ड यू क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस होता है आपने देखा होगा बहुत सारे आप मतलब मैं शुरू से बोलता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और मुझसे ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास है यू गैस नो एवरी कि हाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती आपको बस ये जानना है कि वट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट शो आपको यह सीखना है आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रजेंट करना है आपको कैसे अपने प्रोडक्ट पे और काम करना है और कैसे आपको एक जब अपना एक प्रोडक्ट एक्स वाई जेड बिल्ड करना है तो कैसे यू नीड अ इन्वेस्टर एंड हाउ यू कैन लाइक आप कैसे अपने इन्वेस्टर को अपने प्रोडक्ट से क्लोज कर सकते हो ताकि वो ब्लाइंडली आप पे ट्रस्ट करके आपके ब्रांड को हाइक दें आपको हाँ यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा कि हाँ अगर मुझे एक इन्वेस्टर अपने ब्रांड के लिए लाना है तो मुझे उसको कैसे पिच करना होगा मुझे कैसे अपने प्रोडक्ट को उसको दिखाना होगा कि हाँ आ, कि ताकि वो उसके कहते हैं ना एट्रैक्शन से वो आपके पास आए और आपके ब्रांड में वो अपना एक कहते हैं ना एक अपना हिस्सा दे पाए राइट right. अब अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आप ये देखो आए या एंड वाई आई एम फोर्सिंग एवरीवन इवन जो यार देखो जो जो स्टार्टअप नहीं भी करना चाहता ना जो जॉब कर रहा है मैं उसको भी सर्च करूंगा प्लीज़ वॉच रीज़न क्या है ना बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइक आपके आपकी चीज़ों को क्लियर करती है अब आप उसमें देखोगे कैसे इक्विटी पर फाइट करते हैं कैसे परसेंटेज पर फ़ाइट करते हैं वो कैसे बैठे बैठे कैलकुलेट करते हैं राइट right? ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत है कल को क्योंकि अगर आप इस आपका स्टार्टअप चल जाता है गाइस पहले बात तो ऑल द बेस्ट ठीक है चल जाएगा जो भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं चल जाता है तो आप ये देखो कि आप भी एक दिन इन्वेस्टर बनोगे एंड जब आप इन्वेस्टर बनोगे तो आपको यही चीज़ें जो आपने आज देखी हैं देखो हर एक चीज़ ना ऐसे ही नहीं आती नॉलेज कुछ लोगों को देख के आती है कुछ लोगों को ठोकरे खा खा खे आती हैं और कुछ लोगों को ना जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं आपने देखा होगा तीस पैंतीस साल के लोग जब एक्सपीरियंस होते हैं उनकी पोजिशन ही अलग होती है तब आती है right? राइट अब आज के टाइम पे तो कहना यंगस्टर यार मतलब यंगस्टर हमारा यंगस्टर यूनिकॉर्न कंपनी का कर रहा है यूनिकॉर्न इज़ अ वेरी बिग थिंग यूनिकॉर्न बनाना कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना बहुत बड़ी बात होती है राइट right. मतलब चार दो तीन साल में यूनिकॉर्न के लेवल पे आप आते हो तो आप खुद सोचो वीर आर एंड वी यू डिजर्व योर सेल्फ राइट right. तो आप जब इस लेवल पे आते हो जब आप खुद एक इन्वेस्टर बनते हो आपको ये चीजें मैटर करती है राइट right? आपको ये चीजें पता होनी चाहिए डेट्स वाई मेरा एक यही मोटिव है कि मैं अपनी जितने भी ऑडियंस है मेरे जितने भी ऑडियंस है सब यूथ है मैं ये चाहता हूं थिंक लाइक अ इन्वेस्टर थिंक लाइक अ बिजनेसमैन एंड थिंक दैट You can achieve anything. थिंग अब मैं ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि जो स्टार्टअप करते हैं वही है नहीं यार आप अगर एक जॉब करती हो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल आप टैकल का मतलब ये नहीं है कि आपको फाइट करना है टैकल का मतलब ये है कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोजेक्ट है कोई मीटिंग्स है यू हैव टू अंडरस्टैंड क्योंकि हमें ना बहुत हेजिटेशन होता है ट से वेरी गुडनाइजन तेरह चौदह साल हो गए काम करते हैं उनके पास बहुत अच्छा बट वॉट इज द प्रॉब्लम वो भूल नहीं पाते ये बहुत बड़ा इश्यू है गाइस सो so, आप यही फोकस है कि आप शार्प टाइम देखो Shark शार्क टैंक रियली हेल्प यू यह आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है चीज़ों में कि आपकी जो एक बोते ना प्रॉब्लम्स वो, वो लेडरी वो आपकी हेल्प करने वाला है इससे आपका ही मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होगा आपको ही पता चलेगा कि हाँ आपको किसमें invest करना है क्या करना है कैसे अपने brand को growth लेना है कैसे आप एक investor के पास जाते हो और कैसे उसको pitch करना है Correct. Controversy किसके लिए नहीं चलती गाई हेयर यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या देखना है उसका हार्डवर्क और मैं सिर्फ हार्डवर्क देखना जानता हूँ बिकॉज ओनली मैं कहती हूँ ना हार्डवर्क इज अ की ऑफ सक्सेस ये फैक्ट है आप इस चीज़ों को समझो वो बंदा उस कंपनी को वहाँ ले कर गया है तो कोई reason होगा और मैं सिर्फ उसी बंदे की बात नहीं कह रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे बंदे और उस उनमें से मुझे, मुझे उनमें से मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसमें से तीन कंपनी का ऑफर मुझे आ चुका है करेक्ट बट ठीक है वो इनके बात नहीं करते हम मेरा ये मानना है कि आप उस चीज को लर्न करो आप समझो और अपने really आप को इम्प्रूव करो यार गाइस। आई रियली आप अगर आप नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो ना जस्ट मतलब कहते हैं ना आप किल कर दो कि सामने वाला ना समझे उस चीजों को और आपको आपसे बात करने टाइम में भी वो दस बार सोचे कि यार इतना स्किल्स कैसे हाउ राइट right? तो यस मेरा यही है कि आप फालतू की जो देखने से अच्छा है एक ऐसी चीज़ देखो जो आपको रियली हेल्प करती है और मैं लिटरली यही चाहता भी हूँ कि आप लोग सिर्फ उसी चीज़ से जुड़े रहो जो आपको हेल्प करे इन योर ब्रांड बिल्डिंग इन योर पर्सनल डेवलपमेंट वाट आप जो बोल लो आज की जनरेशन बहुत कुछ बोलती है यू एन बी कॉल्ड मैनी थिंग लाइफ स्टाइल आप उस पर काम करना स्टार्ट करो और आपको वो रियली हेल्प करेगा So, आज के टॉपिक में आप इतना ही रखते हैं अगेन आई एम नॉट गोइंग टू बोव यू गाइज वु यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड यू कैन कमेंट बट कमेंट में आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ गलत था कहाँ नहीं आई रियली वॉन्ट कि आप मुझे करेक्ट करो राइट सो गाइज लेट शीडियो गुड लक गुड नाइट एंड प्लीज गाइस, बी सेफ